हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप अपने जो टीमेट अकाउंट है अपने का उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं वीडियो में तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और आपको बेलाइकन पर क्लिक कर देना तो आपको क्या करना है आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है जैसे आपके सामने माई अकाउंट का चिन्ह आ रहा होगा यहाँ पर तो आपको उस पर क्लिक करना है समटाइम्स आपके सामने जो पेज खुलेगा उसी में आपको ढूंढना होगा और मैं भी बता रहा हूं आपको कहां पे वो चीज़ वो मिलेगा ऑप्शन जिससे आप क्लोज कर सकते हो आप स्टॉक जैसे कि मेरे सामने यहां पेज खुल चुका है तो आपको यहां पे नीचे जाना नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन तो मेरे सामने आपके सामने दिख रहा हो लिखा हुआ आ रहा है क्लोज़ अकाउंट तो मैं वापस जाता हूँ वहाँ पर यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आपका जो करना आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर तो यहाँ पे आपके सामने जो पेज खुलेगा या क्लोज अकाउंट यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट डलेगी तो आपको यहाँ पे वेट करना है थोड़ा ट्र समथिंग वेट तो आपको ये पेज खुल जाएगा कंप्लीट तो आपको दोबारा से एक बार उस साइन इन करना है एंड साइन इन करके आपको यहाँ पे अपने यूज़र आई एंड जो पासवर्ड आपको डाल देना और यहाँ पर साइन इन आप स्टॉप पर क्लिक कर देना जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ और डाटा पोस्ट जैसे कि डेट बर्थ आपको डाल देनी सन तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ आप भी कर दीजिए और साइन इन कर लीजिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपको रीज़न सेलेक्ट करना है इसके बाद आपको रीज़न नीचे दे दिया जाएगा तो मैं यहाँ पे रीज़न देगा आपको रीज़न पर क्लिक करना है मैं यहाँ पे रीज़न पर क्लिक कर देता हूँ आपको क्या रीज़न डालना होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले हाई चार्जेस मंथली मैंटेन्स चार्जेस आप मंथली मैंटेन्स चार्जेस ये भी कर सकते हो यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ मैं तो कर रहा हूँ नो टाइम फोकस ऑन ट्रेडिंग आप कर दीजिएगा चार्जेस वाला तो मैं ये करके यहाँ पे सबमिट या क्लोज अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है जो चली जाएगी आपके स्टॉक के पास आफ्टर सम टाइम्स आपके साम आपके पास जो ये आ जाएगा यो रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट क्लोजर इज़ बीग प्रोसेस सेवन टू एट डे के अंदर अंदर आपकी यह प्रोसेस कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा आपका यह अकाउंट तो आप इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हो जैसे कि आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो रेफर एंड आपको पर रेफर छत तो सौ रुपीज़ दे रहा है तो आप कमाते रे कोई दिक्कत नहीं है पर आपको ध्यान रखना आपके चार्जेस भी लग सकता है इससे चार्जेस करता तो अब देख रहे हैं छः सौ पहले हज़ार रुपये दे रहा था अब छः हो गए हैं एंड इसके अलावा आप मेल से ओपन कीजिए अपने मेल से अपने एक मेल सेंड करना होगा आपको इसके अलावा अब मैं अपने जो मेल सेंड किया था कुछ समय पहले वो भी आपको बता देता हूँ मैंने एक मेल सेंड की थी आप एट द पर तो आपको यह मेल सेंड कर देनी है अपनी यूज़र आई एंड रीजन आपको पुटअप कर देना और सब्जेक्ट में आपको क्या डाना आपको सब्जेक्ट में डालना होगा Close my account. तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक भी आ चुकी थी इस पे मैं क्लिक करके यहाँ से आप क्लोज अकाउंट कर सकते हो डायरेक्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब और चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू